आजकल उसके और मेरे ख्याल कुछ खास मिलते नहीं पता पता नहीं नहीं कौन सी बातें हैं जो वो इतना रहती रहती है मेरी रहती है मेरी सुबह उसके लिए क्यों मुंह चढ़ा लेती है कुछ खास तो है उसमें मेरा सारा सब्र बस वही आके रुक जाता है एक सेहत है उसकी आंखों में बिना कोई बात की एक मसला छिड़ जाता है कि एक बार बार-बार बार देखूं या देखता रहूं और और उसकी उसकी आंखों आंखों का का शोर का शोर हर बार मेरी खामोशी से जीत जाता है लहरों की तरह बह जाता है पूरा दिन जैसे किसी चीज की तलाश में हो अगर एक ख्याल उसका और कुछ बातें हो जाए तो जैसे सारी मंजिले मेरे पास में हो उसका खफा होना जैसे रात में चांद ना दिखे बादलों से ढकी चादर हो और आसमान ही ना दिखे उसका एक एक जिक्र बारिश की तरह है हल्की बारिश खूबसूरत और ज्यादा हो जाए तो बेहाल उसका एक एक जिक्र बारिश की तरह है हल्की बारिश खूबसूरत और ज्यादा हो जाए तो बेहाल और ज्यादा हो जाए तो बेहाल